अभी ये देखेंट ये क्या है सवाल क्या है द कंपनी इज अटॉक ऑफ डेट फाइनेंसिंग इट प्लान यहाँ कंपनी क्या करना चाह रही है कंपनी की डेट ज्यादा है तो कंपनी अपनी डेट को कम करने के लिए क्या करना चाह रही है कंपनी राइट इशू अनाउंस करने जा रही है इक्विटी रेज होगी तो डेट कम हो जाएगा और गेयरिंग कम हो जाएगी राइट इशू जो कंपनी अनाउंस करने जा रही है तो इस राइट इशू की टर्म्स क्या है 20 परसेंट डिस्काउंट टू दी करना है नाइन्टी मिलियन का फंड रेस करने का प्लान है The the company believes that paying off some of of its its debt will not affect price-to-earning Price-to-earning Price-to-earning price ratio, ratio ratio which remains the same. formula share price divided divided by by EPS. EPS Profit after tax number of ordinary shares. So, इस सवाल में पहले हम जो है वो निकाल लेते हैं कि इसका EPS कितना होगा प्रॉफिट कितना है इसका प्रॉफिट है 27 प्रॉफिट है 27 तो हमने प्रॉफिट को ऊपर रखा नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 60 no, 60 27 कितना 60 ई का एस आ गया ठीक है शेयर प्राइस 7.5 प्राइस टू अर्निंग डी आती है टाइम्स के अंदर तो 16.67 टाइम्स टाइम्स अब वो कह रहे हैं कि राइट right हो हो या डेट ये पी रेश्यो सेम रहेगा रहेगा ही रहे अच्छा जी लोन कितना कंपनी के पास 125 का 125 the 8 bonds, का 8% परसेंट बॉन्ड कंपनी का एट परसेंट बॉन्ड है ये इसको ट्रेड हो रहा है 112.5 पर and the कंपनी टू बाय बैक दर्टी परसेंट पा रहे तो एक्स राइट प्राइस जी। तो एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास कम राइट प्राइस पॉइंट फाइव डिस्काउंट दिया हुआ है ट्वेंटी परसेंट तो राइट इशू प्राइस क्या होगी सही है रिक्वायरमेंट पहले हम सॉल्व कर रहे हैं कैलकुलेट दी एक्स राइट प्राइस पर शेयर तो उसके लिए हमारे पास कम राइट प्राइस दी हुई है सेवन डिस्काउंट दिया हुआ ट्वेंटी परसेंट राइट इशू प्राइस है 6 और फंड्स दिए फंड में 90 मिलियन के तो हमने एक फॉर्मूला डिस्कस किया था वैल्यू ऑफ शेयर्स प्री राइट प्लस राइट इशू प्रोसीड राइट इशू से कितना पैसा आया Divided by number of shares after right. तो so, हमारे पास करंटली कितने हैं? 60 million के हमारे पास सेवन पॉइंट हैं और current price चल रही है 7.5 और राइट right से हमें प्रोसीड कितनी आएगी 90 मिलियन की ठीक है अच्छा ये प्रोसीड हम बॉन्ड्स को बाय करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं राइट नंबर ऑफ शेयर्स जो हमारे राइट right इशू के बाद आएंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स हमें कैसे पता लगेगा नंबर ऑफ शेयर्स कितने इशू होंगे 90 मिलियन रेस करने के लिए तो so 90 मिलियन रेस करने के लिए हमारे पास जो प्राइस है वो है सिक्स तो इसका मतलब है हमारे पास 15 मिलियन के शेयर्स इशू होंगे तो so सिक्सटी हमारे पास शेयर ऑलरेडी थे पंद्रह मिलियन और एड हो जाएंगे तो ये सेवेंटी बन गए अब इसको सॉल्व कर लें तो सिक्सटी मल्टीप्लाई बाय सेवन पॉइंट फाइव चार सौ पचास प्लस नाइन्टी फाइव फोर्टी फाइव फोर्टी डिवाइडेड बाय सेवेंटी फाइव सेवन पॉइंट टू तो हमारी जो कम राइट प्राइस थी वो थी सेवन पॉइंट फाइव और हमारी जो एक्स राइट प्राइस है वो गिरकर ड्रॉप होकर सेवन पॉइंट टू पर आ गई ये तो बड़ा इजी सा पार्ट है पहला वाला हमने ऑलरेडी किया हुआ है दूसरा tricky, दूसरा पार्ट और तीसरा कैलकुलेट एंड अभी ऊपर क्या निकाला था अभी अभी ऊपर हमने price to earning ratio निकाल लिया था एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग प्राइस टू अर्निंग रेशियो आ रहा है 16.7 ये हमने इस फॉर्मूले से निकाला तो अगर ये बाईबैक कर भी लेता है तो वो ये कह रहे हैं कि प्राइस टू अर्निंग रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हालाँकि प्रैक्टिकली जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो चेंज होती है जब गेयरिंग चेंज होती है तो प्राइस टू अर्निंग रेशो भी चेंज होनी चाहिए और वैसे हम एज्यूम कर सकते हैं लेकिन अगर फाइनेंशियल रिस्क कम होगा तो शेयर होल्डर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस बढ़ने का मतलब ये होता है कि जो प्राइस टू अर्निंग रेशो है वो इनक्रीज होनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने सवाल में क्योंकि किया करते हैं तो शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा तो शेयर होल्डर्स के लिए एक्सेप्टेबिलिटी का मतलब है शेयर प्राइस तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम शेयर प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं आफ्टर बाय बैक ऑफ बॉन्ड शेयर प्राइस कैसे कैलकुलेट होती है शेयर प्राइस का फॉर्मूला होता है ईपीएस मल्टीप्लाई बाय प्राइस टू अर्निंग सही है? प्राइस टू अर्निंग रेशो तो दी भी है ईपीएस अगर हम फाइंड आउट कर लें आफ्टर दाई बैक ऑफ बॉन्ड तो हमारे पास शेयर प्राइस आ जाएगी अब हम ईपीएस पी फाइंड आउट करते हैं आफ्टर बाय ऑफ बॉन्ड तो हमारे पास राइट इशू से हमने कितना फंड जनरेट किया राइट इशू से हमने फंड जनरेट किया 90 मिलियन का सही है? बॉन्ड बॉन्ड ट्रेड हो रहा है इस वक्त बॉन्ड की प्राइस चल रही है 112.5। तो कितने बॉन्ड्स रिडीम होंगे 90 मिलियन में बाय बैक होंगे तो so, 90 मिलियन डिवाइडेड बाय 112.5 इसका आंसर क्या आएगा 0.8 0.8 80 मिलियन के बॉन्ड जो है वो हम बायबैक कर लेंगे और बॉन्ड दिए हुए एक सौ मिलियन के तो आउट ऑफ 125 मिलियन हमारे 80 मिलियन के बॉन्ड बायबैक हो जाएंगे अब बॉन्ड जब बाय बैक होंगे तो इंटरेस्ट पे क्या फर्क पड़ेगा इंटरेस्ट रिड्यूस होगा इंटरेस्ट सेव होगा। कितना इंटरेस्ट सेव होगा 80 मिलियन का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास दिया हुआ है रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% percent. और टैक्स दिया हुआ है टैक्स रेट है आपके पास तीस सो so, कितना इंटरेस्ट सेव होगा सिक्स पॉइंट फोर इसे आफ्टर टैक्स करें तो सिक्स पॉइंट फोर वन माइनस टी कटना है सर जीरो पॉइंट थ्री थर्टी फोर पॉइंट फोर पॉइंट से हमारा जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट बढ़ जाएगा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट जो होगा ना इंटरेस्ट की सेविंग की वजह से हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट फोर पॉइंट फोर एट से बढ़ जाएगा जब जब जब इंटरेस्ट हटता है ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से तो जब इंटरेस्ट हटता है तो टैक्स का इफेक्ट भी हटता है तो इसलिए इंटरेस्ट की सेविंग पूरी नहीं होगी 6.4 टैक्स की वजह से उसकी इंटरेस्ट की सेविंग कम हो जाएगी 4.48 जब इंटरेस्ट बढ़ता है तो टैक्स तो भी कम होती तो अब यह फोर हमारा इंटरेस्ट सेव हो रहा है हमारा एग्जिस्टिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इतना है ट्वेंटी सेवन मिलियन का इस ट्वेंटी सेवन मिलियन में कितना इंक्रीमेंटल इफेक्ट आएगा 4.48, 4.48 तो ये हो गया 31.48, वन है? फोर एट आइए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं आफ्टर राइट इशू सो ई कितनी हो जाएगी 31.48 वन पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय सेवेंटी फोर वन नाइन और शेयर प्राइस क्या हो जाएगी पॉइंट फोर वन नाइन मल्टीप्लाई बाय सेवन टाइनस ये पी रेशो है सो पॉइंट फोर वन नाइन मल्टीप्लाई बायसटीन पॉइंट सिक्सटीन सेवन सिक्स पॉइंट नाइन एट नाइन यानी अब हमारी जो पोजीशन थी बॉन्ड से पहले कम राइट प्राइस कितनी थी 7.5 एक्स राइट कितनी हो गई थी और आफ्टर बाय बैक कितनी हो जाएगी इसका मतलब है वेल्थ में कितना इफेक्ट आया शेयर होल्डर्स की वेल्थ डिक्रीज बाय पॉइंट पर शेयर इसका मतलब ये जो डिसीजन ले रही है कंपनी के राइट right इशू करके बॉन्ड्स को बाय किया जा रहा है ये शेयर होल्डर्स के लिए बेनिफिशियल नहीं क्लियर समझ में आया